हम मैं बाज़ीगर, सबसे अलग सबसे अफरी ख्याल हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्टी में हाथ जादूगर जादूगर राय